तो देखा आप लोगों ने दोस्तों क्योंकि आप लोगों को आज मैंने नोएडा बिल्कुल क्लियर करके दिखाने की कोशिश की है बताने की कोशिश की है मेरे प्यारे दोस्तों और अभी मैं चल रहा हूं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर जो कि मुझे जाना है गाज़ियाबाद के लिए गए तो ऐसे ही ब्लॉग तो देखो केपी संत के चैनल पर आते रहते हैं और आप लोगों को इंटरटेन करता रहता हूँ और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ के आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे मेरे चैनल पर तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो ज़्यादा से ज़्यादा केपी संत को फॉलो करो इससे क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों को मिलता हूँ और फेसबुक पे भी मैं फ़ेसबुक पेज भी है मेरा केपी पी संत के नाम से तो आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो जाकर फॉलो कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों क्योंकि मैं ऐसे ही ब्लॉग से आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और, और मैं लाता रहूँगा और आप लोगों को इंटरटेन करता रहूँगा और आप लोगों को आने वाले टाइम में आप लोगों को क्वालिटी भी मैं ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगी बहुत बेहतर तभी आपको पता चलेगा आज आपको गई मैंने आधा नोएडा दिखाने की कोशिश की है आधा नोएडा तो आप लोगों ने देख ही लिया क्योंकि ऐसे ही आप लोगों को धीरे धीरे पूरा नोएडा पूरा नोएडा दिखा दूँगा रोड्स भी दिखा दूंगा आपको बता दूंगा कि कौन सी रोड्स कहाँ जाकर निकलती है वो तो सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के माध्यम से गई तो आप लोग देख सकते हैं सेक्टर उनसठ नोएडा मेट्रो स्टेशन यह सेक्टर उनसठ का मेट्रो स्टेशन गाइस क्योंकि पहले यहाँ पर मेट्रो नहीं थी कुछ साल पहले ही ये मेट्रो आई है तो करीब ये शायद मेरे हिसाब से ये 19 में स्टार्ट हुई थी उसके बाद में लॉकडाउन लग गया था तभी यह रूट बना था तो तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था गाइस कि ब्लॉग चैनल तो मैंने सन 2018 के लास्ट में बनाया है 18 में ये शायद बन के स्टार्ट हो गई थी हाँ 18 में बन गई थी 18 में स्टार्ट हो गई थी तो 18 के लास्ट में मैंने ये ब्लॉग चैनल बनाया था 19 हाँ अट्ठारह में बनाया था तो तब इतना अनुभव नहीं था मेरे को पता भी नहीं था और फिर ब्लॉग बनाने में डरता भी था इस वजह से मैं नहीं बनाता था तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है अब कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप लोग भी पसंद करने लगे हो जब आप लोग पसंद करते हो कमेंट करके हमें बताते हो तो और भी मन करता है काम करने का वीडियो बनाने का ये सेक्टर 64 दिखा रहा है लेफ्ट में और सॉरी राइट में सेक्टर चौंसठ राइट में है और लेफ़्ट में है सेक्टर बासठ तो देखिए सेक्टर बासठ का ये मेट्रो स्टेशन आ चुका है आगे आप लोग लोगों को देखने के लिए मिलेगा गाइज देख सकते हैं ये आ चुका है सेक्टर बासठ का मेट्रो स्टेशन नोएडा उत्तर प्रदेश इंडिया ये देख सकते हैं सेक्टर बासठ नोएडा उत्तर प्रदेश इंडिया और आपको बता दूँ बाइस कि जो सेक्टर बासठ का मेट्रो स्टेशन है उसी के सामने है ये फोर्टीज हॉस्पिटल इसका भी ब्लॉग पड़ा हुआ है आप लोग चैनल पर जाकर विजिट करो और देखो नोएडा 40 का ब्लॉग तो बिल्कुल हम सीधे सीधे चलेंगे और एन एस ट्वेंटी फोर आ जाएगा और आपको कुछ दिनों के बाद में क्वालिटी भी देखने के लिए मिलेगा और ब्लॉग भी बहुत सुंदर सुंदर बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग तो देखने के लिए मिलेंगे आने वाले टाइम में गाइस बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं आप लोगों के बीच में तो आप लोग चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार हमारे चैनल पर आए हो देख रहे हो हमारे वीडियोस को तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन बजा दो ताकि मैं जो भी कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे और आप लोग देख के लाइक करो और हमें कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को आपके समझ में इंफॉर्मेशन आई या नहीं आई वो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं गाइस, देख सकते हैं कि बिल्डिंग है यहाँ की कितनी ऊंची ऊंची ये नोएडा ग्रेटर नोएडा में देखने के लिए मिलेंगी और आपको बता कि गाइस पहले नोएडा आपको कवर करके दिखाते हैं और फिर मैं ग्रेटर नोएडा दिखाऊंगा तो साथ साथ में चलते रहेंगे लेकिन ग्रेटर नोएडा की कम वीडियो आएंगी नोएडा की ज़्यादा आएंगी आप लोगों के बीच में देखने के लिए मिलेंगी देख सकते हैं गाई ये है बिल्डिंग और यहां से एन एस ट्वेंटी बिल्कुल एनएस ट्वेंटी फोर सामने गई और ये आ जाता है मेट्रो स्टेशन ये मेट्रो स्टेशन का नाम है इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन बैंक ऑफ बड़ोदरा बड़ौदा इंदिरापुरम लेफ्ट में दिल्ली लेफ्ट में तो हमें बिल्कुल सीधा चलना है गाजियाबाद के लिए तो देखिए ये अंडरपास आ चुका है यहाँ का आ, वो नोएडा का सॉरी नोएडा का अंडरपास आ चुका है क्योंकि पहले इस पर प्रिंटिंग नहीं थी जब से ये योगी सरकार आई है तब से इस पर प्रिंटिंग बन बन रही है गाइज देखिए इधर की खाली पड़ी हुई है लेप जो कि पहले नहीं थी और अभी भी लाइट में नहीं है गाइज क्योंकि इस पर वर्क चल रहा है प्रिंटिंग बनाने का इधर भी बनाई जानी है और इसमें लाइटें भी अभी लगेंगी तो वो भी नहीं लगी हुई है तो ये सामने वाला है इंदिरापुरम गैज ये सामने वाला इंदिरापुरम आ जाता है और इसी के सामने है सिट्रा मॉल उसका पर मैंने वीडियो डाल रखा है तो आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना चैनल पर जाकर देखिए हम ये नोएडा क्रॉस करके और ये आपका आ चुके हैं एनएच ट्वेंटी फोर मेरठ एक्सप्रेसवे पर गए आप सभी का स्वागत है देख सकते हैं आप लोग क्योंकि राइट में नोएडा रह जाता है लेफ्ट में इंदिरापुरम है और देखिए आपको बता दूं कि जो मेट्रो का ये पिलर बन चुका है नोएडा सा और वैशाली मेट्रो स्टेशन तक ये कनेक्ट कर, दि, कर दिया जाएगा कुछ दिनों की बात है क्योंकि अभी बर्फ नहीं चल रहा है पता नहीं क्यों और जब इसमें चल रहा है स्टार्ट हो जाएगा तब आप लोगों के बीच में केपी संत वीडियो लेकर आएगा आप लोगों के बीच में तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ मैं आप सभी से तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत गाई